बाबू <laughs> <laughs> <थे> <laughs> जी <कुण> <laughs> मैं दूध बाली दीदी दी ने भेजा है मुझे हा, हा। ए, रहा नहीं जाता <laughs> हाँ हा, बैठना। नीचे रख देती हाँ बैठ जाती है बाबू जी आपका तो पहले ऐसी खड़ा है क्या बोला तूने? सबर करो। सॉरी वो क्या है ना लंडे है इसे अपने आप पे घमंड मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता